गुड मॉर्निंग टू न्यू ब्लॉग 28th ट्यूजडे ट्वेंटी और मैं उठा हूं अभी बस थोड़ी देर पहले आज कुछ एडिटिंग का काम नहीं था क्योंकि कल मैंने कुछ ब्लॉग शूट नहीं किया था तो आज सुबह उठ करके एडिटिंग का कोई काम नहीं था तो सुबह आराम से उठे कुछ एक दो काम थे वो निपटाए. और अब ऑफिस जाने की तैयारी शुरू करने वाले हैं लेकिन उससे पहले चलो टेरिस पे चलते हैं एक राउंड टेरिस ढूंढ के आते हैं कि क्या सिस्टम है टेरिस पे देखो ये गेट जो था ना ये पेंट हो गया है इसको ब्लैक कलर का पेंट करवा दिया गया है सही लग रहा है पेंट भी सही हुआ है ऊपर भी जो ये एंगल वगैरह है शीट पे ये भी पेंट करा दिया है पूरा ये कवर्ड हो गया है। दिस गुड औगी भाग गया ऊपर ऑगू की कोर्स ये तो मेरी जैकेट है धूप अभी तक नहीं निकली यार यहाँ पे तो नहीं निकल जाएगी हवा भी चल रही है ऑगू चल बहुत देर ऊपर नहीं रहना है चल चलते है चलो चलो आगे नीचे टेबल वेबल भी लगी हुई है बढ़िया शानदार माहौल चलो आगू नीचे अब ऐसा ही करते हैं जल्दी से नहाते धोते हैं नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पे पहुंचते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं मिलते हैं आप लोगों से तो इन ब्रेकफास्ट द्रेकफास्ट टूड सम आलू सैंडविच सम ड्राई फ्रूट फ्रूटेट वाला दूध बस जल्दी से ब्रेकफास्ट करते निकलते हैं ऑफिस के लिए साइकिल से जाना का होता है तो बस आई गेस साइकिल और बाइक से एक ही टाइम लगता है मेरे ऑफिस पहुंचने में क्योंकि इट्स हार्डली एनी डिस्टेंस एक ही टाइम ट्रेवल है दोनों का तो ठीक है नाश्ता करते हैं मिलते हैं आप लोगों से रोड पर तो तो तो करके ऑफिस ऑफिस, ऑफिस के के लिए निकल चुके हैं, हैं, हैं मिनट लेट हो हो गया हूं। लेकिन ठीक है है, यार क्या कर सकते ऊपर नीचे ही जाता है। तो लेट्स रीच आप लोगों से से शाम को के निकलने के बाद। आ, हुआ क्या है हुआ क्या है हुआ क्या है बाबा रहले पे है, तो, फिर मैं घर में तो हेलो ग्रॉम ऑफिस घर आके ओगी और शिल्पी से मुलाकात हुई शिल्पी देख रही है मूवी और ओगी अभी मेरे साथ थोड़ा सा खेल रहा था तो मैंने सोचा चलो कैमरा ऑन कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए ओगी क्या कर रहा है खाए जा रहा है खाए जा रहा है खाए जा, जा रहा है ये देख ये देखिये देखिये देखिए देखिए मैडम ये सुनो तो आज का प्लान क्या है तो आज एक नंबर की बारिश हुई सर्दी गई है बढ़ बहुत ज्यादा बढ़ तो शिल्पी और मेरा प्लान ऐसा बन रहा है कि चलो आओ आज थोड़ा बाहर कहीं चलते हैं डिनर विनर करने के बाद आज पास्ता बनाओगी कि नहीं बनाओगी पक्की बात पास्ता बन रहा है डिनर में पास्ता खाने के बाद में और शिल्पी जाएंगे जाएंगे हम लोग सिविल लाइन वहाँ पे देखते हैं थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर पे आइसक्रीम वाइसक्रीम खाते हैं चुरमरा वमरा खाते देखते हैं सर्दी इंजॉय करते हैं वॉक करेंगे थोड़ा सा मम्मी ने बनाया है गाजर का हलवा और ऑगी को देखो ऑगी यार खाएगा तो तो अभी गाजर का हलवा खाते हैं। ऑफिस से आने के बाद तो वैसे भी भूख लगाती है बहुत जोर से एक हाथ से डब्बा खुल नहीं रहा मिनट। वाह इसकी शक्ल देखो आप लोग माशाल्लाह कितना सुंदर है बहुत सुंदर माशाल्लाह। एक नंबर भाई एक नंबर तो मैं इस हलवे को एंजॉय करता हूँ आप लोग तब तक जलो मुझे भी नहीं मिलेगा तू भी देखता रहे बस दूर से तो डिनर में आज बना रही है पास्ता ये कम नहीं है तुम्हें लगता नहीं ये कमो के लिए सब्जियाँ अभी तो है ठीक है ये भी सही है तो चने पास्ता इट लुक्स गुड मैं तो ऐसे ही खा जाऊंगा कच्चे ऐसा लग रहा है मत खाओ से निकले टाइम हो रहा है रात के महँ सुबह तो कुछ लोग ट्रैवल वगैरह गर्दी कर रहे हैं रात के मह में घर से निकल रहे हैं भाई बाइक अभी सवार निकलते ही अपने को रौनक थोड़ी बहुत दिखी रही है ऐसा तो कुछ सन्नाटा था नहीं है भाई तो सर्दी का टाइम है नौ बज गया है तो एक दिन सन्नाटा हो गया सांस थी उस सर्दी बढ़ी है ज़रूर लेकिन ऐसा इतना नहीं है कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रही है हम लोग हो रही है क्योंकि क्योंकि तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है साइड निकलते हैं के घर जाएंगे लेकिन उससे भी थोड़ा जाएंगे वापस आते टाइम उसके घर होते हुए लौटेंगे पहले अपना जाएंगे क्या करना है मैं बच गया है कुछ ऑप्शन पहले ही खत्म हो गए उस टाइम साखिर को देखते हुए अभी अभी मैंने डिस्कवर ये किया की मैंने ना अपना वॉलेट नहीं रखा है और सिद्धि से क्या हो उसके पास नहीं बैठा है तो ऑल इन ऑल हम लोगों के पास कैश जीरो है बिना वॉलेट से निकल रहे हम क्या है हाय कैसी हो रहे रहे क्या हो हो में कर रहे गया सारा इंजन घर पता नहीं देखो उतरो बाबा हमने नंबर देखा फिर तुमको देखा फिर और आ गया देखा कि यार कुछ तो है बाय बाय आराम से जाना कौन सी चाहिए स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी कप में हाँ। चलो आगे सही लेते हैं आगे कम्प्लीट है दादा स्ट्रॉबेरी कप में यहाँ बैठो ये सब साफ है ये लो हो गया साफ बैठो अभी यहाँ पे बैठो दे लो जी खाओ जी सॉफ्टी कॉर्नर की सॉफ्टी एंजॉय करो जी तो गाइस गाइस गाइस एक बहुत बड़ा पंगा हो गया जो अभी मोटो व्लॉग किया ना पूरा इतना सारा अपन ने सब कुछ पानी में चला गया क्यों क्योंकि गोप्रो के माइक एडेप्टर में माइक का तार ही नहीं लगाया था बताओ भला और वो भी याद कब आया जब अभी हेलमेट उतार के रखने लगे तब याद आया कि भैया अडेप्टर में तो माइक का तार लगाया ही नहीं बताओ भला पूरी मेहनत पानी में गई इतना सब कुछ बोला बतिया सब कुछ पानी में गया इसीलिए आज का व्लॉग भी मतलब शायद ऐसा सारा हो पता नहीं मैं वॉइस ओवर करूँ ना करूँ पता नहीं क्या किया होगा अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा मुझे लगता नहीं है मैंने वॉइस ओवर किया होगा इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस वॉइस ओवर वगैरह डालू चलो देखते हैं जैसा भी वीडियो बना होगा यहाँ तक देखा हो वीडियो को तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में टिले बाय